बड़े बड़े बड़ी लाल नाल मिलेगी देख ले उधर, तो देखते हैं, के है, है, प्रधान जी फसल का करा लिया नौ सौ एकड़ इसी गांव, बलुआ के लेके दो सौ इकट्ठ जो फसल डूबी है उसका लोगों को लेकिन अभी दूर की कोई आदमी उनको कहाँ रखा जाएगा स्कूलों में तो कहाँ पंचायत में ही या यहाँ पे अभी कभी देख लेते हैं बड़ी जगह बाल जो बात है ना शौचालय